ढिनोरी से जनपद पंचायत के सीईओ का ग्रामीणों से अपशब्द कहने का मामला सामने आया है जिससे नाराज ग्रामीणों ने सीईओ अशोक सावनेर को जमकर सबक सिखाया जिसके बाद सीईओ ग्रामीणों से माफी मांगते नजर आए डिन्नौरी में जनपद पंचायत के सीईओ अशोक सावनेर ने ग्रामीणों से बात करते समय अपशब्द का इस्तेमाल किया जिससे ग्रामीण काफी नाराज हुए मामला समनापुर जनपद के मंजगांव ग्राम पंचायत का है नाराज ग्रामीणों ने जनपद पंचायत के सीईओ को खासा मजा चखाया जिसके बाद सीईओ साहब ग्रामीणों से माफी मांगते नजर आए सर हम गलत नहीं नहीं नहीं नहीं बोले बोले आप गलत जो लो